हेलो जैन दोस्तों वेलकम बैक टू माई रोज दोस्तों का स्वागत अब मैंने कुछ सेंटेंस मैंने सिंपल प्रेजेंटेंस का मैंने क्वेश्चन सेंटेंस लिया जो कि क्या है इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या किसे कहते हैं जिसमें सबसे पहले क्या वर्ड्स लिखा हुआ रहा था इसे क्या मैं खाता हूँ क्या मैं पीता हूँ क्या मैं जाता हूँ क्या मैं सोता हूँ क्या मैं हस्सता हूँ क्या मैं रोता हूँ क्या मैं टलता हूँ क्या मैं मैं मैं क्या मैं नाचता हूँ ऐसे ऐसे सारे सेंटेंसेस जितने भी होते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सोते हैं और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे सेंटेंस हो गए वो ऐसे सेंटेंस हो जो कि क्या मैं नहीं खाता हूँ क्या मैं नहीं पीता हूँ क्या मैं नहीं जाता हूँ क्या नहीं सोता क्या मैं आईसी जितने भी संटेज होते हैं वो क्या होते हैं प्लस निगेटिव होते हैं अब सिंपल फेंटेंस का जो भी सेंटेंसिस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर दिया गया वो दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें कि क्या मैं खाता हूँ ऐसा सेंटेंस रहेगा उसमें सबसे पहले डू या डज लगेगा डू या डच किसके अनुसार लगता है सब्जेक्ट के अनुसार जो कि मैंने पढ़ा ही चुका हूँ यानी कि डू या डज किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा तो डू डज पहले उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे उसके बाद भर में हमेशा पाला फॉर्म रहेगा भर रहेगा और प्लस अदर वर्ड्स जितने भी सारे वर्ड्स अदर वर्ड्स आते हैं ऑब्जेक्ट में वो सारे लास्ट में लिखे जाते हैं और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे होंगे उसमें सबसे पहले डू या डज रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद नोट रहेगा प्लस व्यू रहेगा और अदर वर्ड्स रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे चुका हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस का यहाँ पर दे चुका हूँ इंटोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसिस का जो भी सेंटेंसिस इंट्रोगेटिव में होंगे वो इस तरह से बनेंगे जैसे क्या मैं खाता हूँ तो मैंने अभी बता चुका हूँ इसमें मैं सब्जेक्ट इसमें कौन है मैं होता है. होता है. It, तो मैं डू लगताल सब्जेक्ट के साथ क्या लगते हैं डू लगते हैं साफ शब्द में लिख देता हूं कि पोलरल सब्जेक्ट में क्या लगते हैं डू लगते हैं में डू और सिंगर में डज पुलर में डू या सिमिलर में क्या लगेंगे डज लगेंगे किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट अगर जो पुलर आएगा तो डू लगेगा सब्जेक्ट अगर जो सिमिलर आएगा तो क्या लगेगा डज लगेगा जैसे मैं खाता हूँ मैं हो गया आई हो गया क्या चीज पुलर सब्जेक्ट है इसमें डू लगेगा डू लगेगा तो इसके अनुसार डू लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार तो मैंने डू को सबसे पहले लिखूंगा क्यों क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा यानी इसका मतलब होता है जिसका प्रश्न पूछा जा रहा है जैसे कि क्या मैं खाता हूँ डू आई इट अब हमेशा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देना है ठीक है यानी कि क्या मैं खाता हूँ डू आई इट क्या मैं पढ़ता हूँ तो मई का मीनिंग क्या होता है आई तो आई हमेशा क्या होता है पोलरल सब्जेक्ट है तो पोलरल सब्जेक्ट में डू लगेंगे तो सबसे पहले मैं डू लगाऊंगा ठीक है तो डू आई रीड रीड मतलब क्या होता है पढ़ना हो उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दूंगा और जब भी सेंटेंसेस में लिखा हुआ रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि अगर जो सिंगुलर का रहा तो डच लगाएंगे और पोलरल सब्जेक्ट कहेगा तो क्या लगेगा डू लगाएंगे और सारे सेंटेंसेस इजी रूप में बन जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं जैसे कहा जाता है अरे बार तुम बच्चे तुम लोग अगर जो पर्सन आदि कर लिए तो अब ही आपका सिंपल प्रजेंटेश बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है ये सब भूल जाओ क्योंकि पर्सन हमेशा आद किसी के पास होता ही नहीं है जितने भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं पर्सन हमेशा भूल जाते हैं अभी याद करोगे भूल जाओगे इसे पर्सन क्या होता है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन ये सारे चीज़ बात करने का सबसे खतरनाक वो सब बकवा चीज़ें हैं अब नया जमाने नए मॉडर्न नए सेंटेंस नए तरीके से पढ़ना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या तुम गाते हो तो क्या तुम गाते हो तुम का मीनिंग क्या होता है यू होता है तो यू होता है तो यू क्या है एक पुलरल सब्जेक्ट है यू क्या है पुलरल सब्जेक्ट है पुलरल सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हमेशा डू आएगा तो डू सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम गाते हो तो डू यू सिंग सिंग मतलब गाना ऐसा सिंह मतलब गाना डू यू सिंह क्या सीता हस्ती है तो क्या सीता सीता क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता एक व्यक्ति है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीता का जो दो नाम रहता है तो वो फुलरल होता है एक नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो सीता लिखा हुआ क्या सीता हस्ती है तो लिखेंगे डज क्यों क्योंकि सीता हमेशा सिमिलर है तो सीता सिमलर है तो सिमलर तो सब्जेक्ट में डज लगेगा तो डज सीता लाफ मतलब होता है हसना एल यू जी एच लाफ मतलब हंसना क्वेश्चन मार्क हमेशा देते जाएंगे ऐसा जितने भी आएंगे उस क्वेश्चन मार्क उसके बाद लिखा हुआ क्या बे लोग धूम्रपान करते हैं क्या यानी कि धूम्रपान मतलब स्मोक यानी क्या बे लोग धूम्रपान करते हैं तो बे लोग मतलब अनेक लोग हैं ढेर सारे हैं तो वो पोलरा सब्जेक्ट हो गए तो पोलरा सब्जेक्ट में डू लगेगा तो यहाँ पर लिखेंगे डू और बे लोग का मीनिंग होता है दे टी एच ई दे तो डू दे स्मोक ऐसे स्मोक मतलब क्या होता है धूम्रपान करना उसी प्रकार से क्या बे लोग काम क्या बे लोग व्यायाम करते हैं व्यायाम मतलब एक्सरसाइज क्या बे लोग व्यायाम करते हैं यानी कि व्यायाम मतलब क्या होता है एक्सरसाइज यहाँ पर लिखेंगे डू दे व्यायाम करना का मीनिंग क्या होता है टेक एक्सरसाइज डू दे टेक एक्सरसाइज डू टाइज क्या वेलो व्यायाम करते हैं डू दे टेक एक्सरसाइज उसके पास क्या सूर्य पूर्व में उगता है तो सूर्य तो हमेशा एक ही है एक ही सूर्य है जो कि सिंगुलर होते हैं यानी कि क्या होगा सन हो गया सिंगुलर तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भर यानी कि डज लगेगा तो डज लगेगा सबसे पहले यहां पर डज लिखेंगे क्योंकि सूर्य सूर्य पूरा में उगता है सूर्य हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया सूर्य सूर्य तो, तो एक ही सूर्य है तो सूर्य क्या हो गया सिंगुलर तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर भर यानी कि डज लगेगा तो डज डज दसन राइज आर आई एस राइज इन द ईस्ट दसन राय जिंदा ईस्ट यानी कि सूर्यपुरम में उगता है दसन राय जिंदा ईस्ट यानी कि सूर्यपुरम में उगता है डसन डन दस राय जिंदा ईस्ट ऐसे ऐसे सन्टेस होगा तो इस तरह से बनाना उसके बाद लिखा हुआ है क्या है? आपके भाई दिल्ली में नहीं रहते हैं अब यहाँ पर जितने सन्टेस हो गया इसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ गया उसमें डू डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस व्यू वन प्लस अदरवर्स ऐसे सेंटेंस में नोट नहीं है तो नहीं कब रहेगा तो जब सब्जेक्ट दे देंगे उसके बाद नहीं देंगे उसके बाद व्यू वन देंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपके भाई दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आपके भाई मतलब क्या हो गया सिमिलर सब्जेक्ट एक भाई आपके भाई तो सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन आपके भाई है तो आपके भाई सिंगलर सब्जेक्ट आपके भाई लोग रहता तो क्या होता तो ऐसे पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो आपके भाई आपके भाई सिंगलर सब्जेक्ट है यानी कि डज लगेगा डी ओ डज आपके भाई का मतलब क्या मीनिंग क्या हो जाएगा योर ब्रदर बी आर ओ टी एच यूर ब्रदर डज यूर ब्रदर उसके बाद सब्जेक्ट पड़ गया और सब्जेक्ट पड़ गया तो क्या देंगे नोट देंगे तो मैंने नोट दे दिया उसके बाद भर्व देंगे तो भर्व क्या लिखा हुआ है भर्व मतलब रहते हैं तो रहते हैं क्या, क्या होता लीव, है लीव कहाँ रहते हैं इन डेल्ही तो, तो यू डज यूर ब्रदर लीव इन द लीव इन डेल्ही डेली लिख दो चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सब्जेक्ट अगर जो हो गया सिंगलर तो डज देंगे डज योर ब्रदर नोट live in the Delhi यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपके भाई लोग भाई लोग मतलब क्या हो गया plural subject plural subject में do लगता है आपको पता है कि plural subject में plural subject में do लगेगा तो do your brother your brother के जगह पर yes लगा देंगे brothers हो गए क्योंकि भाई लोग है तो brothers हो जाएगा उसके बाद क्या लिखेंगे नोट नोट मतलब नहीं live in Delhi डू योर ब्रदर्स नोट लिव इन नोट लिव इन डेल्ही क्या आपके भाई लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उसी से क्या हुआ? श्याम की मदद नहीं करते हैं अब क्या हुआ स्याम की हुआ हो गया? सिंगलर सब्जेक्ट हुआ मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध होता है बोलने से यानी कि सिंगलर सब्जेक्ट हो गया तो क्या हुआ है? श्याम की मदद नहीं करते हैं तो यहाँ पे लिखे सिंगलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा तो डज ही नोट डज ही नोट हेल्प श्याम डज ही नोट हेल्प श्याम क्या हुआ श्याम की मदद मतलब नहीं करते डज ही नोट हेल्प श्याम क्या गाय घास नहीं खाती है तो क्या गाय घास नहीं खाती है इसका मतलब गाय हो गया सिंगलर सब्जेक्ट अगर जो लिखा हुआ क्या गाय घास नहीं खाती है तो हो जाता plural subject यानी कि क्या गाय है तो गाय है singular गाय रहता तो plural उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो सिमलर सब्जेक्ट है यानी कि डज लगेगा डज काउ नॉट इट क्या घास जी आर ए डबल एस ग्रास मतलब होता है घास यानी कि ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जितने भी होंगे वो सब्जेक्ट क्या होगा अब यहाँ पर हमने कभी बताया कि फर्स्ट पर्सन है अगर जो फर्स्ट पर्सन है डू लगाओ सेकेंड पर्सन है डू लगाओ थर्ड पर्सन है डज लगाओ ऐसा मुझे मैंने कभी नहीं बताया ऐसा का जो बताता है ऐसा ऐसे, ऐसे सारे सेंटेंसेस बनाने में थोड़ा सा टफ हो जाती है अगर जो ऐसा मैं सीधा सीधी बता रही है सिंगलर सब्जेक्ट सिंगलर वो सब्जेक्ट पूरा वर्ग तो ऐसे ऐसे सारे सेंटेंसेस आराम से बन जाते हैं इस तरह से सेंटेंस बनाने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि बन रही है नहीं बन रही है फिर मैंने आपको दूसरा वीडियो में बताया जाएगा कैसे फिर दूसरा नियम के साथ बताया जाएगा कैसे बनती है नहीं बनती है ठीक है इसके बाद अब जय हिंद जय भारत